नमः हर को को महिमा न जाए जय जय जय जय जय जय दर्शन मेरा संकट सी संकटिनाशन मंगलूरदिकारी चवित दर्शन मेरा मन रमता देव जै देव से भर पूरा आवे। भी जै देव जै देव भावे महाराज श्री णराज विद्याखदाता We're gonna move beyond.